से सामना मुश्किलों से सामना मातृभूमि हित जगे है हमारी कामना है हमारी कामना यहाँ पुण्य बोझ प्यारी है काश की ले मशाल हाथ में तो स्वार्थ की त्याग दीप न बुझे मात्र भूक प्राण दो याद है शपथ मुझे मैं यहाँ अकेला हूँ साथ है ये यारवा पाएंगे कभी मंजिलों पे पहुँच कर ही विराम ले सभी देय पूर्ति पूर्व अब रुख न पाए साधना